तेरी सुनकर तेरी यादों में खोकर आंसू आंखों में रखकर अपनी दुनिया को भुला दिया आंसू आंखों में रखकर अपनी दुनिया